फलक तक चल साथ चल वो चौबारे ढूँढे जिनमें चाहत की ढूँढे सच कर दे सपनों को सभी अरे बाहर के छत हो दुआ के घत हो पढ़ते फलक तक चल साथ में चल साथ फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल को हुई हरारत को करे शरारत बैठा है खिड़की फे तेरे पे चांद भी बिगड़ा कतरा कतरा वो पिघला भर आया तो मैं मेरी तो सूरज